वह व्यक्ति जिसने अहिंसा एवं सत्याग्रह के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के साथ साथ पूरी दुनिया को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए प्रेरित भी किया उन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं उन्होंने अपने सिद्धांतों के चलते कुछ ऐसे फैसले लिए जो पूरी तरह से सही नहीं था और कहीं न कहीं इन्हीं फैसलों के कारण उनकी हत्या की गई उनमें से कुछ मुख्य फैसलों के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा महात्मा गांधी व्यक्तिगत रूप से भारत विभाजन के खिलाफ थे क्योंकि यह भारत के धार्मिक एकता के अनुकूल नहीं था इस विषय में महात्मा गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा था कि वो मुझे दो टुकड़ों में काट सकते हैं पर उस चीज के लिए राजी नहीं कर सकते जिसे मैं गलत समझता हूँ और इसी विचार के कारण गांधी जी हिंदू और मुस्लिम की आलोचनाओं का शिकार बने दूसरा कारण सरदार भगत सिंह सुखदेव ऊधम सिंह और राजपुर ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए हिंसा की नीति अपनाई थी और गांधी जी उनके इस नीति का विरोध करते थे जब इन देशभक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तब गांधी जी ने अंग्रेजों के इस फैसले का एक बार भी विरोध नहीं और जिसके कारण कई दलों ने इनकी कड़ी निंदा की तीसरा कारण कारण गांधीजी एक एक ऐसे भारत के के निर्माण का सपना देख रहे थे जो किसी एक सरकार के ना हो और इस कारण वे आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को भंग कर प्रत्यक्ष प्रणाली को स्थापित करना चाहते थे और उनके इस दृष्टिकोण से कई दल सहमत नहीं थे चौथा कारण स्वतंत्रता के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ तो गांधी जी ने उसे 55 करोड़ रुपए देने की जिद की और अनशन पे बैठ गए जो पूरी तरह से सही नहीं था पांचवा कारण स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया ये भी पूरी तरह से सही नहीं था नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी उसने गांधी जी पर पाकिस्तान को 55 करोड़ भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमज़ोर बनाने का आरोप लगाया और जब वे दिल्ली बिरला हाउस के मैदान में रात को टहलने निकले थे तब उनको गोली मार दी गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में केवल सत्य की लड़ाई लड़ी वे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते थे फिर भी उनके जीवन का अंत इस प्रकार से हुआ